बिगड़ी मेरी बना दे वो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे वो तेरा वाली बिगड़ी मेरी बना बिगड़ी मेरी बना दे गड़ी मेरी बना दे वो जे रवाल बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन के लिए ये आखिया कब ते तरस रही हैं दर्शन के लिए आखिया कब से तरस रही है सामन के तेरा झर झर कब से बरस रही है सामन के तेरा झर झर कब से बरस रही है कब से बरस रही अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा दो रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो वो चेरवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो वो चेरवाली मैया अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो। लोजे रवाली मैया मेरी बनाई देवों को दी सहारा धनुओं को तूने मारा देवों को दी सहारा गनु तू मारा भगतों को माँ तू अपने कैसों से दुबारा भगतों को माँ तू अपने तो से गुबारा चरणों में तू जगह दे चरणों में तू जगह दे वो तेरा वाली मैया मेरी मना दे वो तेरा वालि अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो वो तो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना लो बिगड़ी मेरी बना लो तेरा रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो वाली, वाली, तो तो वाली मैया अरे अब तो गले लगा लो अब तो गले लगा लो तो तेरा वाली मैया अब तो गले लगा लो वो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो वो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना अब बिगड़ी मेरी बना दो तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी तेरे मैया जाता नहीं है खाली सब भगतों की मैया भरती हो तू झोली सब भगतों की मैया भरती हो तू झोली भरती हो तू झोली अब तो मेरी है बारी अब तो मेरी है बारी वो शेरा वाली बिगड़ी मेरी बना दो वो शेरा वाली बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी बना दो वो चेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दो वो चेरा वाली मैया अब तो गले लगा अब तो गले लगा लो। वो तो शेरा वाली मैया मेरी बना लो वो शेरा वाली मैया